सिंगरौली में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें दो बाइक की टक्कर हो गई टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं अस्पताल ले जाने के दौरान चौथे युवक ने भी दम तोड़ दिया हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया जिसके बाद मौके पर एसडीएम तहसीलदार एवं चितरंगी टीआई ने पहुंचकर लोगों को शांत किया बसनिया मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर होने से चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चितरंगी दुधमनिया मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया है बताया जा रहा है भिड़ंत में प्रवेश यादव संतोष यादव बैदनाथ सिंह एवं पप्पू सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गयी इस भीषण सड़क हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चितरंगी दुधमनिया मार्ग को सुबह से शाम तक के लिए चक्का जाम कर दिया जिसके बाद मौके पर एसडीएम विकास सिंह तहसीलदार चितंगी एवं टीआईडीएन राज पुलिस बल के साथ घटना स्थल आरोप पहुँचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया वहीं मृतक के परिजन मुआवजे के लिए अड़े रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का